मैं शपथ लेता हूं कि मैं लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा, रहूंगा और, उसके और उसके लिए समय दूंगा पच्चीस टाइम झाड़ू मारू तो भी कम है इंसान है कि मशीन कितना टाइम साफ करेगा मैं मरता रहूंगा दिन भर झाड़ू मारता रहूंगा सब यहीं से जाएंगे दूसरी जगह से नहीं जा सकते अरे उधर मत चलो अभी साफ किया है क्या सॉरी तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा सुनेगा 20 साल से तो सुनता है रही है जो घर घर में जन जन की आवाज है शहर शहर से उठ रही परिवर्तन की पुकार है बदल रहे भारत का बदल रहे भारत का ये अभिमान है स्वच्छता अधिकार अधिकार है गंदगी का दानव हमसे हारेगा स्वच्छता का सपना आप नारूटेगा कोशिशों से आया है नया मौसम रंग हरा झूमे पर्यावरण बदल रहे भारत का बदल रहे भारत का ये अभिमान है स्वच्छता अधिकार है स्वच्छता